दोस्तों अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हो तब आपको सिंपली जीप फाइल और रार फाइल के बारे में पता होना चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीप और रार फाइल के बारे में ही बात करने वाले हैं हेलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाई स्टेप समझते हैं कि जीप फाइल और रार फाइल होती क्या है जिप और आर फाइल होती क्या है बेसिकली जिप और रार फाइल को ऐसे समझ लो कि आपके कोई भी बहुत सारे वीडियोज़ या फोटोज कुछ भी उसके अंदर डाल के आप अपनी फाइल को वो कम्पोज कर सकते हो कम एम बी में कर सकते हो इंटरनेट से आमतौर पर आप जो भी फाइलें डाउनलोड करते हो वो सारी जिप या आर फाइल के अंदर ही अवेलेबल रहेगी जिससे आपको क्या है एम बी की है वो बचत हो जाए तो आप जिप और आर फाइल को पहचानोगे कैसे तो आप ऐसे ही देखते होंगे कि लास्ट के अंदर यदि जिप लिखा होता है तो यानी वो जिप फाइल के अंदर है यदि लास्ट में करके, तो तो यानी वो रार के अंदर है। तो इनकी ये पहचान हो गई। और अब हम लोग अपने खुद के कंप्यूटर में जीप और रार कैसे बनाएंगे, जीप और रार के कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली हम लोगों ने जान लिया कि जीप फाइल और रार का यूज कहां पे होता है और ये ज़्यादातर है वो इंटरनेट से हम लोग जो भी फाइलें डाउनलोड करते हैं वो जीप और आर फाइल के अंदर ही डाउनलोड करते हैं तो बिना टाइम इसके वीडियो शुरू करते हैं और चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और जीप और आर फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं कि हम लोग खुद वो जिप या रार फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं वो इस वीडियो के अंदर जानते हैं चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और जीप और आर फाइल को यह क्रिएट करके देखते हैं दोस्तों जीप या रार फाइल बनाने के लिए या जिप या रार फाइल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा वहाँ से जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो तो सिंपली अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिप फाइल और RAR फाइल को कैसे बदल सकते हो सिंपली मान लो कि ये एक मेरा फोल्डर है जो आप देख पा रहे हो कि सौ एम का फोल्डर है तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एड टू वाले ऑप एड टू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली जो फर्स्ट फर्स्ट ऊपर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है रार फाइल डायरेक्ट यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ सेंड टू जाके और यहाँ पे आप जीप फाइल है वो डायरेक्ट बना सकते हो लेकिन यदि रार फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है ऐड टू रिच्यूब पर आपको सिंपली क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आ जाएगा कि आपको सिंपली कौन सा फॉर्मेट है वो चाहिए रार फाइल चाहिए या जीप फाइल चाहिए यहाँ से आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे आप नीचे नीचे देख रहे हो सेट पासवर्ड तो यहाँ से आप वो पासवर्ड भी सेट कर सकते हो तो ध्यान रहे मैं एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से आप रार फाइल भी बना सकते हो जीप फाइल भी बना सकते हो और पासवर्ड यहाँ से वो डायरेक्ट सेट कर सकते हो तो सिंपली मैं अभी रार फाइल बना रहा हूँ तो इस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया न्यू फोल्डर रार फाइल डॉट रार तो सिंपली ये डॉट रार लास्ट में आ गया मतलब रार फाइल है यदि जिप करता हूँ तो डॉट जिप आ जाएगा मतलब ये जिप है इस तरीके से हम लोग है वो पहचान कर सकते हैं तो अब मैं सिंपली रार फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब मैं इसको क्लिक ओके कर देता हूं। जैसे मैं ओके करूंगा तो प्रोसेस चलेगा थोड़ी देर और ये फाइल है वो रार फाइल के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगी तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दो या तीन सेकेंड या चार सेकेंड के अंदर वो फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा ये देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है नीचे नीचे आप देख पा रहे होंगे तो अभी ये 100 MB का है अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कितने का हो गया यानी 100 MB से कम हो गया तो बेसिकली हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं कि हमारी फाइल है वो कंपोज हो जाती है इससे डेटा है वो बचता है तो आप सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हो जैसे आप ओपन कर रहे हो देखो आप इस तरीके से वो ओपन कर सकते हो यदि जिप फाइल और रार फाइल को ओपन करने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो सॉफ्टवेयर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली उसको नॉर्मली फोल्डर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर कोई भी आपको फाइल है वो सेलेक्ट कर देनी है और ओके okay कर देना है तो ये नॉर्मल फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक like ज़रूर करें दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फाइल को जिप या रार फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जिससे आपकी जो भी आप फोल्डर्स है उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस हैं वो कंपोज हो जाएंगे एम कम हो जाएगी जिससे आपके डेटा है वो बचेंगे जिससे आप किसी भी अपने फ्रेंड को या इंटरनेट से किसी को भी भेजते हो तो जी पी आर आर फाइल के अंदर ही कन्वर्ट करके भेजते बेश, हैं ज़्यादातर क्योंकि इससे हमारी एमबी की वो बचत होती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक -तो के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंद दोस्तों